पहाड़ो के किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों का साथ देने का वादा किया है किसानों ने अपनी और पहलवानों की मांगों को पूरा किए जाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है संयुक्त किसान मोर्चा ने उप जिला अधिकारी डोईवाला को किसानों की विभिन्न समस्याओं व जंतर मंत्र पर बैठे देश के पहलवानों को लेकर ज्ञापन सौंपा है किसान नेता सुरेंद्र सिंह खालसा ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर में देश के पहलवान शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं जिसमें महिला पहलवान भी है देश में बैठी सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और उन बेटियों पर लाठी चार्ज करवा रही है जो बेटियां देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई और देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया आज उनका सरकार उत्पीड़न कर रही है किसान नेता उम्मेद बोरा ने कहा कि बेमौसम हुई बारिश से किसानों की फसलें खराब हो गई है मगर कोई अधिकारी अभी तक देखने तक नहीं आया जंगली जानवर किसानों की फसल खराब कर रहे हैं मगर वन विभाग के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है उन्होंने ज्ञापन देकर किसानों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है नेशनल लेवल की मांगे हैं इसमें वो भी समझे हैं जैसे कि पूरे देश को मालूम है कि हमारी जो योग्य खिलाड़ी हैं वो जंतर-मंतर पर काफ़ी लंबे समय से धरना दे रही हैं और पिछले दिनों पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जबरन उनको उठाना चाह ये बड़ी निंदनीय घटना है इसका संयुक्त किसान मोर्चा ढोई वाला निंदा करता है और अभी अभी हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया है जनता दल जनता में बैठे हैं उनको न्याय दिया जाए बीजभूषण की गिरफ्तारी किया जाए ये हमारी मांग रही है और जो खिलाड़ी हैं उनको न्याय दिया जाए उनके देश के हित के लिए कार्य कराओ उन्होंने और देश का नाम रोशन करा आज वो सड़कों पर है ये दुर्भाग्य हमारे देश का दूसरा हमारा ज्ञापन था कि जो हमारे जंगली जानवर अभी वर्षा हुई है मौसम विवेकों की तरफ़ किसानों का फल नुकसाना ही वन विभाग वहां पर पहुंचा है हाथों जैसे गंगी आदमी का नुकसान हो रहा है न कृषि विभाग के कोई कर्मचारी या अधिकारी ग्राउंड तक पहुंचे जिन्होंने आकलन किया है हमने एच डी साहब से फ़ोन पर ही वार्ता करी थी